घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के ऊपर मैंने अपनी रचना को लिखने का प्रयास किया है। आप सभी का हैकार मचा है कोरोना से हाहाकार मचा है कोरोना से विपदा जग में भारी है हाहाकार मचा है कोरोना से विपदा जग में भारी है क्रिया कर्म बिन परिजन होता मानवता भी हारी है क्रिया कर्म बिन परिजन होता मानवता भी हारी है काला बाजारी संकट में करते लूट सबकी जारी है काला बाजारी संकट में करते लूट सबकी जारी है द्रवित हुई है आखे सबकी कैसी ये महामारी है कैसी ये महामारी है द्रवित हुई है आंखें सबकी कैसी ये महामारी है कैसी ये महामारी है क्यों तय नहीं है मोल दवा के क्यों तय नहीं है मोल दवा के शासन की मक्कारी है मनमानी शोर मचाकर करते क्यों सारे व्यापारी है सस्ते इंजेक्शन बिकते महंगे सस्ते इंजेक्शन बिकते महंगे ये कैसी लाचारी है द्रवित हुई है आंखें सबकी फैली कैसी महामारी है फैली कैसी महामारी है बाजार बने हैं अस्पताल बाजार बने हैं अस्पताल ये कैसी दुकानदारी है दबी हुई है सिस्की यहाँ नोटों की गट्टी भारी है दम तोड़ती चीख यहाँ पर दम तोड़ती चीख यहाँ पर ये कैसी कारोबारी है द्रवित हुई है आंखें सबकी फैली कैसी महाबारी है फैली कैसी महामारी है संवेदनाए विप्लव राग बनी संवेदनाए विप्लव राग बनी जिंदगी मौत से हारी है संवेद संवेदनाए विप्लव राग बनी जिंदगी मौत से हारी है नियम बद अब जीना सीखो नियम बद अब जीना सीखो वरना हमारी बारी है बिस्तर नहीं है अस्पताल में बिस्तर नहीं है अस्पताल में बिस्तर नहीं है अस्पताल में जाने कैसी तैयारी है द्रवित हुई है आंखें सबकी फैली कैसी महामारी है फैली कैसी महामारी है धन्यवाद